तो ये हाथी तो बहुत गंदा है, ये है तो इसने पता नहीं अब क्या कर रखा है है पे? लगता किया पड़ेगा क्या दबा रखा है इसने तो ये हाथी बहुत गंदा है इसको मारेंगे इसको बदमाश है हाथी तो बहुत जंगली जा हाथी है ये लगता है इसने मेरी डॉली को और डॉली के बेबी को इसमें दबा रखा था बड़ी मुश्किल से निकाला है अब देखते है इसने क्या कर रखा है और देखते क्या है ओ नो ये क्या है ये क्या है हिजन हिरन को भी दबा रखा है ये तो खतरनाक हाथी है ये बहुत बदमाश है इसको हटाओ हटाओ से मारो oh no. ओह नो ये तो बहुत बेकार हाथी है चलो भाई निकालते हैं इनको मेरा हिरण हिरन हिरण ओहो इसका तो सिंह भी टूट गया ओह नो ये तो हिरण हिरन, हिरन कैसे सिंह भी टूट गया है चलो भाई इनको ध्यान रखते है ये तो सब गंदे हैं। इनको है इनको देखो कहाँ दबा रखा है मेरा और क्या है इसमें से निकालो गन इसको से निकालते हैं ये ये क्या है है नो बाइक बाइक कैसे कैसे हो सकता है? को कैसे हाथी दबा सकता है ये तो बहुत जल्दी बात है ये हाथी बहुत खतरनाक था चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम तो यहाँ पे बैठ जाओ तुम तो यहाँ पे रुक जाओ सबको को धीरे धीरे निकालते हैं ये तो बहुत गड़गड़ किया है, हुआ है इधर क्या है ओह ये क्या है ओह ये देखो एक और मिल गया यहाँ पे ये तो बहुत गड़बड़ चल रही है इतने सारे लोगों को तो उठाती है दबा रखा था यहाँ बहुत खतरनाक है ये देखो वो पड़ा है इसको मैंने क्या कर दिया ये देखो ये हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं हम इसको निकालते हैं सबको ये क्या है? लगता है ये कुछ भी है यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ कौन भाई निकलो बाहर ओ ओ नो ये भी हिरन है ये तो बड़ा अच्छा है इसको भी ले गया था हाथी इसने यहाँ पर दवा रखा था हाथी को भी दवा दिया ये बहुत ये हाथी बहुत गंदा था जिसने इस हिरन को भी दवा रखा इतने सारे हिरण ये क्या है लगता है यहाँ पर भी कुछ है ओहो जे सीबी से खोदना पड़ेगा जे सी भी निकालो इनको ओहो ये तो बड़े चिड़िया है चिड़ियों का भी दवा दिया इसने ये तो बहुत गंदा हाथी है इसको अक्की बार पकड़ेंगे और बहुत मारेंगे बहुत गंदा हाथी है ये और देखते हैं इधर क्या है वो लो इतना सारा आइटम दवा रखा था ये तो वाली बात है चलो तुम लोग इधर आ जाओ भाई ये सब दवा रखा था इसमें हाथी ने ये हाथी बहुत गंदा है और देखो ये टुक टुक बहुत गंदे हैं है रखवाने के लिए रखा गया था मगर इन्होंने किसी को रखाया नहीं ये बहुत बदमाश है और ये देखो ये मेरा घोड़ा घोड़ा डोली तुम परेशान मत हो तुम घर जाओ अपनी टीके है ना घर जाओ परेशान मत तो डोली तुम और ये गुड़िया तुम तो गाड़ी का बेबी बेबी रोना नहीं तुम ठीक है लेके घर जाओ घोड़े बाबू बेबी को घर लेके जाओ ठीक है ना अरे फिर इतना शैतान तुम भी हो रहा हो डोली को घर लेके जाओ ना ओ नो ओ नो ये क्या कर रहे हो तुम बहुत बदमाश हो तुम भी चलो डोली को घर लेके जाइए डोली से दोस्ती कर लो जाओ अपने घर डोली के साथ ठीक है ना चलो पहुँचो अपने अपने ठीक है ना ओके आप क्या है इधर देखते हैं ओनो टुक टॉक चलो तुम टूट जाओ आप बहुत देर से गिरे पड़े हो फो बाहर चलो अपना गाना सुनाओ बजाओ अपना ये बदमाश कहीं के चलो बजाओ बदमाश कहीं के बजाए ना क्या कर रहे हो बजाओ चलो बजाओ, बजाओ। बदमाश कहीं के चलो बजाओ टॉक टॉक मेरे राजा बजाओ न बजा बजाओ बाजा टुक टुक मैाओगे बहुत अच्छे ऐसे बजाते हैं ना ऐसे बजाओगे तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो हाथी नहीं आएगा और डॉली का बेबी ये सब बच जाएंगे है ना ऐसे करना चाहिए था, था तुमको पहले ऐसे नहीं बताते थे अगर ऐसे बजाते तो होते तो हाथी नहीं आता और इतने सारे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे ना उनको लेके नहीं जाता आती हाथी